मोरे बारी भूल गए बनवारी ओ मोरे बारी भूले गए बनवारी भक्त जनों के विपिदा क्षण में भक्ते जनों के बिपिदा क्षण में कैसे गए तूने हारी रे मोरे बारी पटे के पासा खे के दुर्योधन राजे जुधी की री कार हमारी रे मोर मारी भूल गए बन मारियों पांचों पांडो जुए में हारे स्वाभा द्रौपदी हे पाँचों पांडो जुवे में हारे स्वाभा के द्रौपदी खिंच दू शासन आ रे की रे शासन आ रखियो लाद हमारी रे मोर बारी भूल गए प्याला राना जो भेजे पीते में सब कोई हारी जहर का प्याला राणा भेजे पीते में सब कोई हारी कृष्ण कही के हरे कृष्ण कही के मीरा पी गई महिमा कोई ना जाने रे मोरे बारी बारी भूले गए मनवान बट जनों के विपदा में बट छ के विपिदा छि में कैसे गए तूने हारी रे मोर बारी भूल गए बनवाई हो मोरे